बैक टू क्राफ्ट इन चैनल आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विड आई क्यू के बारे में विड आई क्यू एक सॉफ्टवेयर uh, है और आपको गुड आइडिया देता है सर जो आप इसके अंदर आ जाएंगे तो आपको यूट्यूब चैनल की जो ईमेल आइडिया साइनअप करना है आपको बताता हूँ क्या है सो so गाइज ये है जैसे अब मैं किसी को भी ऐसा कॉम्पिटिटर ले लेता हूँ जैसे ये एक मतलब कि ये मेरे एक किसी कज़न का चैनल है तो वो जो मेरे कज़न कज़न का है वो ये है और ये जो है आ, इसको मैंने कॉम्पिटिटर लिस्ट में डाल रखा है जैसे कि तो अब जब मैंने जैसे कॉम्पिटेटर लिस्ट में डाल रखा है मैंने ये वीडियो पर डाल रखा है और तो आप इसको और भी कॉम्पिटिटर डालने का टाइम लगता है तो अब मेरे व्यूज़ काफ़ी कम है और मैं इससे अपने चैनल की परफॉर्मेंस किसी और चैनल से कॉम्पिटिटर से अपने कर सकता हूँ अब मैं इससे सब देख सकता हूँ YouTube स्टूडियो में भी देखता है बट इससे ज़्यादा अच्छे बोलते हैं सब्सक्राइबर व्यूज़ मेरे रास्ट थर्टी डेज में सेवेंटी आए वन पॉइंट टू का फर्स्ट टाइम आया ट्वेंटी थ्री परसेंट का रिटेंशन एवरेज आया तो ऑल टाइम का मेरा ग्रोथ जो है थ्री थर्टी थिक्स फर्स्ट टाइम इतना आया है और सिक्सटी फाइव परसेंट का रिटेंशन है आओ जो कि आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है तो इसमें मेरी कुछ रियल मी बर्ड्स टॉप कीपर्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें रियल मी बर्ड्स टू अनबॉक्सिंग चल रही है ऑडियो टेस्ट चल है रिव्यू तो इसकी जो लो कंपटीशन लो है पर सर्च फॉर्चुन वॉलीम हाई है कॉम्पिटिशन का तो वो है और बस जैसे मैंने बहुत तरीकों की तरीक़े की वीडियो बनाई जैसे वाटर स्टेंसी तो वाटर स्टेंसी का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा अच्छा गया था अब बस यहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है पर असल जो कामयाब वो तो होती अच्छी वीडियो नहीं मेरे हिसाब से तो और जो वीडियो होती है काफ़ी जैसे ट्रेंडिंग वीडियो उसके अंदर हम देखें तो हर किसी की वीडियो आ रही है इसमें सेवन पॉइंट सिक्स मतलब कि हर किसी आर्ट्स के हिसाब से हो रहता है उसके बाद ट्रेंडिंग में तो आपकी देखिए आप आज कल हो रही है डेली आइडियाज आप ले सकते हैं यहाँ से जैसे आप रियल लेना यूजर इंस्टा वो कर वाटर लेना और लेना मीडियम है इसमें और जो वेरी हाई वाले हैं वो अभी आपको नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अभी आपको अपड्रेड करना पड़ेगा मैं तो आपको अभी शुरू में कहता हूँ अपग्रेड नहीं करना क्योंकि शुरू में अपग्रेड कर लिएगा तो फिर आपका अगर आपका मन ही अट गया फिर क्या इस है इससे आप कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटर और आप अपनी कहते तो जैसे ये देख सकते हैं उसके इतने आए हैं और फिर मीडिया के इतने आए तो वो उसके उसके मेरे सेवेंटी उसके फोर उसके और उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर इसके लिए आपको पुष्ट करना पड़ेगा अपग्रेड पैकेजेज में आपको बता देता हूँ फोर इंडियन रुपीज़ और ये है इतना बड़ा पर्सनलाइज्ड कोचिंग और ये वन मंथ मंथली वन ऑन वन वर्चुअल कोचिंग कॉल भी होगी पे होगा ये सब आप ये वाला भी ले सकते हैं इसमें लगभग पचास डी वीडियोस वीडियोज पा, आइडियाज पावर्ड बाई ए आई फोर्टी मंथ फोर्टीज प्रॉपर्टी की बोर्ड इसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे और एक है नॉर्मल जो कि है Uh, करता करता था था प्रो में टू टू भी करता था, भी और प्लस प्लस है उनके लिए जो कि का से रिलेटेड कोर्स लेना अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता पाऊँ यूट्यूब पे जाके जैसे यूट्यूब पे मैं गया गो टू य अब मुझे अपनी किसी वीडियो की परफॉर्मेंस देखनी है लाइक मेरी जो सबसे मेरी अच्छी जो वीडियो है वो है दिस वन जिसपे थ्री हंड्रेड व्यूज ऑलमोस्ट हो गया और तो जैसे कि अब ये देखो इसमें हर हाँ चीज़ आ रही है टू नाइन्टी व्यूज है डोरेशन रखती है मैंने टैक्स कैसे लगाया है इस पर मेरा आ, क्या इस पर वो रहा है चैनल का एवरेज यहाँ दिखाता है कितने व्यूज़ हो चुके हैं थ्री व्यूज़ हो चुके हैं इस 3000 हो चुके हैं मेरे क्या tags topics क्या है? तो क्या टॉपिक है मेरा क्या एस सी रेट आ जाता है इस पर क्या सब दिखा देगा विडिक स्कोर दिखा देगा कितना है यहाँ पर आपको चैनल के एवरेज आव, क्या रहता है और आपकी इस वीडियो का क्या परफॉर्मेंस रहा है और यहाँ आपको ये सब दिखाता है देन किसी और की वीडियो पे आपको सब वो दिखा देगा और गाइस ये काम आता है YouTube स्टूडियो में भी अब मैं आपको YouTube स्टूडियो का भी दिखा देता हूँ उसी से इधर से ही जाके तो YouTube स्टूडियो में आप जैसे भी जाएंगे, तो so, गाइस अगर आपको कोई बैकग्राउंड नजर ही हो तो थोड़ा सा थो उसे थो थो एडजस्ट कर लेना तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आ चुका है ऊपर एक छोटा सा आ जाएगा और आप इसमें देख सकते हो कि ट्रैकिंग परफॉर्मेंस कहीं भी ऐसे देख सकते कितने व्यूज आए कितने मिनट्स वॉच करी लास्ट सेवन डेज में क्या क्या हुआ सब बताया कॉन्टेंट के अंदर आपको जब आप किसी भी कॉन्टेंट की वीडियो जानने जाते हो तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो जैसे मेरी एक प्राइवेट वीडियो है तो मैंने इसमें कुछ रिजन सी वजह से मैंने नहीं डाली वीडियोज़ में गुजार चुका था और वैसे मैं अब फोर पर मैं डालने लगती हूँ वीडियोज़ तो अब जैसे हम बताएगा कि क्या मेरी गलती है कितना इस पर स्कोर है क्या क्या चीज़ है सब इसमें दिखा देगा सर्च बार कीवर्ड वीडियो टू फिल्टर आउट बाई पर आप अपग्रेड कर सकते हो कि कौन सी वीडियोस वीडियोस टू गेन व्यूज फ्रॉम आप ये भी फाइंड कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पर आप यहाँ आपको हर चीज मिलती है इनके उस क्या If you any reason, आपको इसमें नो no, अब वो है ऑटोमेटिक है और यहाँ पर आपको कैंसिल ऐट एनी टाइम यू मैंने मोर फाइव that will वी विलेटी जैसे अब यहाँ पर आप जैसे मेरे five channels नहीं हैं फिर भी मैं अपना यहाँ एक message send कर देता हूँ that I need ईट करके कुछ भी हाउ टू आई सेट में पासवर्ड तो यहाँ पर आपको फुल ही मिलता है फुल आपको यहाँ पर कन्वर्जन मिलेगा हर टाइम आपको भी करिए आपको वन आवर के अंदर आ ही जाएगा मैसेज उसका और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं बूस्ट के अंदर एक एस बूस्ट कैसे आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और एस कैसे आप लगा सकते हैं जैसे एस के ऊपर तो मैंने भी एक वीडियो बनाई है शायद से वो आ चुकी होगी या फिर में आएगी तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं वो वो उसमें भी मैंने बताया कैसे एस करते हैं तो वही सिमिलर तरीका यही बताइए तो बूस्ट करने के बाद भी मेरे हिसाब से बूस्ट नहीं लेना बूस्ट वाला जो सारा है वो आपको यूट्यूब पर कंटेंट मिल जाएगा मेरे हिसाब से आपको ये जो बूस्ट प्लस है अगर आपके पास आपको पूरा फुल कोर्स लेना या फिर ये प्रो वाला ये बूस्ट वाला आई थिंक आपको नहीं लेना चाहिए बूस्ट वाला जो है तो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाता था देन वन चैनल के लिए अलग है वन चैनल थ्री चैनल्स के लिए आपको प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फाइव चैनल्स के लिए ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड बढ़ जाता है अगर इस किसी के पांच पांच चैनल तो होते नहीं है तो जैसे अगर मेरे थ्री चैनल्स हैं तो मैं थ्री चैनल्स के हिसाब से ये ले सकता हूँ तो आप, आप हर किसी का प्राइस अपने हिसाब से और ये वे आई बहुत लोग यूज़ करते हैं बट एक एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें आपको और ये अचीवमेंट्स ऑप्शन में मिलता है कैंडल ऑर्डर मूव वगैरह सब यहाँ पर आपको ऑप्शनल है इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कैसे आपको क्या करना है गए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोट कर सकते हैं जैसे इस वाले में आप गूगल में जाएंगे तो गूगल में भी आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे जैसे हिस्ट जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ मैं यूट्यूब में यूट्यूब में गया गूगल के अंदर मैं आपको एक्सटेंशन ऐड करनी है गूगल के अंदर मुझे यहाँ पर ये यह दिखाता रहेगा जैसे मैं दिखाता हूँ ये ये ये किसी की वीडियो है, है, है दिखा दिखा दिखा देगा देगा कितना कितना वो, दिखा देगा। कितने डिसलाइक, डिसलाइक लाइक, का, तो ये दिखा रहा है। तो सब रहा आई जो कन्वर्जन काफी आपके लिए अच्छा रहेगा यही थी, थी आज की वीडियो आज की वीडियो कितना समझा गाइक्यू के बारे में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिसक केयर